छतरपुर में एक बड़ा हादसा होने से टला जहां अचानक एक ट्रक में आग लग गई फायर ब्रिगेड आने तक ड्राइवर के सूझबूझ से ट्रक को सुनसान जगह खड़ा किया गया फिलहाल आग लगने का कारण सामने नहीं आया है छतरपुर के कोतवाली में एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई जिसके बाद ड्राइवर की सूझबूझ से बस स्टैंड रोड से जलते ट्रक को गायत्री मंदिर सुनसान इलाके में ले जाकर खड़ा किया गया फायर ब्रिगेड आने के बाद आग पर काबू पाया गया ट्रक में आग लगने की वजह फिलहाल सामने नहीं आई है पनाघर पनागर, पनागर काटे खाली आ रहे थे रस्ते में आग लग गई पीछे देखा तो आग लग गई ट्रांसपोर्ट नगर से आ रहे थे रिलायंस पेट्रोल जुगंदा पेट्रोल पंप के पास लग गायत्री मंदिर को लेके आए फिर वो डाली उसके अंदर उससे बुझाई गयी